राम क्या, क्या, क्या, क्या गलती हमारे क्यों लटका रहे इतनी तकलीफ है इतनी तकलीफ है इतनी तकलीफे तकलीफ बीवी तक कोई ले गया रोए फोन किया राजा जनक को कि महाराज आपकी बेटी का हरण हो गया सेना भेजो फोन किया एसएमएस मारा मेल किया व्हाट्सएप पे डाला उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट की कि प्रभु मैं अकेला कैसे रावण से लड़ूंगा मेरे पे तो कुछ नहीं है तुम्हारी बेटी गई है कुछ तो सेना भेजा कुछ किया नहीं भरत को बोला अरे भाई वनवास मेरे को हुआ सेना को थोड़ी सेना भेज दे मामला गड़बड़ है भाभी ले गया कुछ कहा ना भरत कहा ना जनक को कहा अकेले दम पे जो नहीं था उसका रोना नहीं रोया जो था उसका इस्तेमाल किया वो पाने के लिए जो पाना चाहते थे यार ये रोना पिटना नहीं मचाना यार हम पे तो ये नहीं है हम पे तो वो नहीं है हम तो बाहर रहते हैं जी हम तो कलकत्ता में रहते हैं हम तो रांची में रहते हैं जी हम तो सूरत में रहते हैं जी हम कैसे करेंगे जी हम पे तो कुछ नहीं है हम पे तो ऑफिस नहीं है हम तो बड़ी दूर वह की तैसे